नमस्कार स्वागत अभिनंदन जैसे जैसे नया साल करीब आता है और पुराना साल जाता है वैसे वैसे हमारे मन में अपेक्षाएं रहती हैं कि नया साल हमारे लिए क्या कुछ ले के आया है और दर्शकों वृषभ राशि के खास करके जातकों आप लोगों के लिए प्रेम राशिफल 2020 कैसा रहेगा इस पर हम चर्चा करेंगे आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी क्या इस साल आपको मानेंगे कोई आपके नए संबंध स्थापित होंगे आप जिनसे प्यार करते हैं क्या इस साल आप उनसे विवाह के बंधन में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इन सभी विषयों पर आज हम प्रकाश डालेंगे वार्षिक राशिफल दो आप लोगों के लिए हमने बना दिया आप लोग हमारे चैनल के प्ले में जाकर के या में लिंक है उसमें जा करके आप लोग देख सकते हैं तो वृषभ राशि के जातक को प्रेम राशिफल दो हजार बीस ये इशारा कर रहा है कि इस साल आप काफी रोमांटिक रहने वाले हैं आपकी उम्मीदें आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिखाई पड़ रही है जिनसे आप प्यार करते हैं मनचाहा पार्टनर वो आपको मिल सकता है वर्ष की शुरुआत में यदि हम बात करें तो आपकी राशि का स्वामी शुक्र जो कि प्रेम के कारक भी माने जाते हैं आपकी राशि से भाग्य स्थान में होना आपके लिए रोमांटिक लाइफ में सुविधा की ओर संकेत कर रहा है इस वर्ष आपको जीवन साथी का सुख सहयोग मिलेगा अविवाहित प्रेमी जातकों के संबंध भी मधुर बने रहने की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं आपके लिए पार्टनर काफी सपोर्टिव रहेंगे दोस्तों की मदद से भी आप एक अच्छी रोमांटिक लाइफ का आनंद लेते हुए नजर आएंगे 2019 में यदि आप किसी से प्यार करते थे ब्रेकअप हो गया था तो यकीन मानिए दर्शकों कि खोया हुआ प्यार भी इस वर्ष आपके पास लौट करके आता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो काफी कुछ सकारात्मक रहने वाला है आप लोगों के लिए हालांकि एक चीज और बता दें दे, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के संकेत भी दिखाई दे रहे ये वार्षिक राशिफल दर्शकों जो रहेगा आपकी चंद्र राशि पर आधारित है देशे ग्रामीण ग्रह युद्ध सेवायावहार के नाम राशि प्रधान जन्म राशि न चिंतित दिवाहे सर्व दो हजार बीस में आपकी शादी लाइफ शानदार रहने की हालांकि पंचम भाव के स्वामी बुद्ध का अष्टम भाव में पंचग्रही योग में होना आपकी रोमांटिक लाइफ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के संकेत कर रहा है की नवी दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है जिससे आपके लिए घर में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं इन साधनों के बढ़ने से आपके दांपत्य जीवन में और भी मधुरता आने की उम्मीद है मार्च के अंतिम दिनों में गुरु भाग्य स्थान में शनि के साथ आ जाएंगे जहां वो वो नीच भंग राजयोग भी आपके लिए बना रहे हैं भाग्य स्थान से गुरु की पंचम दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं तो नवम दृष्टि से वे आपके पंचम भाव को देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये नव पंचम दिखे संबंध भी बन रहा है यानी आपकी पर्सनल लाइफ को गुरु पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे पार्टनर के साथ किसी तरीके से यदि कोई मतभेद है तो ये दूर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके दोस्त परिजन घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से आप लोग सारे मतभेद समाप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे है वही आपस की जो दूरिया है ये बीतती हुई दिखाई पड़ेगी मई में शनि और गुरु के वक्री होने से परिस्थितियां थोड़ी हो चले आएंगे यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है सुख सुविधाओं में कमी आने से आपकी पर्सनल लाइफ पर भी इसका असर पड़ सकता है दर्शकों दर्शकों एक चीज हम आप लोगों के लिए और बताना चाह रहे हैं कि यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप लोग जो है स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं इसके साथ साथ आपके शहर में भी हम आते हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए जिससे हमारे आने की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप लोग तो आकर के मिले वही आपके प्रेम राशि फल की यदि हम आगे बने बात करें तो सितंबर में राहु राशि परिवर्तन अगर जहाँ आपकी राशि में आ जाएंगे वही केतु भी आपकी राशि से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे ये समय आपके लिए खास करके बहुत कुछ सोच समझ चलने वाला रहेगा हालाँकि गुरु और शनि सितम्बर के अंत तक मार्गी हो जाएंगे लेकिन केतु आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का काम करेंगे जिसका सामना आप धैर्य और विवेक से करें तो बेहतर की स्थिति में नहीं हो पाएंगे आप किसी की जो है मतलब कई बातों में आ जाएंगे अपने पार्टनर पर अनायास ही सब करेंगे और उनसे रिलेटेड कोई आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं नवंबर में गुरु के पुनः भाग्य स्थान में शनिवार के साथ आने पर आपके लिए चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी आपकी लव लाइफ फिर से पटरी पर लौटेगी विवाह के योग भी इस समय अविवाहित जातकों के लिए बनेंगे तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें वृषभ राशि के वार्षिक प्रेम राशि फल दो की तो कहा जा सकता है कि वर्ष के उत्तरार्ध में थोड़ा समर जो है आपको चलना है वर्षांत आपके लव लाइफ के लिए उत्साहजनक रहेगा और जो एंडिंग रहेगी इसमें आप लोग विवाह के बंधन में बनते हुए नजर आएंगे बस दर्शकों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ध्यान ये रखना रहेगा की कि किसी के बहकावे में ना आए आपको जो है अपने पार्टनर पर यदि शक हो तो आप लोग वहाँ पर कंफ्यूजन मत उत्पन्न करिए आप लोग बात कर लीजिए बातचीत से मामले को सुलझाइए दर्शकों को देखिए रहीमदास जी ने बहुत अच्छी चीज कही है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गाँ पड़ जाए एक बार यदि गांठ पड़ जाती है तो वो वाक फिर नहीं आती है दर्शकों अपनी कुंडली के माध्यम से यदि आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो और कुछ उसमें जो है बाधाएं आ रही हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करिएगा कुछ आपको रेमेडीज बताएंगे कुछ उपाय बताएंगे कुछ जेम का भी आपको हम जो है सजेशन देंगे इस आधार पर आप और आपके पार्टनर विवाह के बंधन में आसानी से बन सकते हैं तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दर्शकों एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इस वर्ष ये जो छुट छुट आएंगी इनको कैसे दूर किया जाए इसके लिए प्रयोग भी होते हैं उपाय भी होते हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे तो दर्शकों उपाय की ओर चलते हैं कि उपाय क्या है उपाय के तौर पर यदि आप लोग विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा हर शुक्रवार को एक सूखा नारियल लीजिएगा जिसमे जल ना हो सूखा नारियल सूखा नारियल लेकर के आपको करना क्या रहेगा शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर ओम नमक शिवाय मंत्र से आपको अर्पित करना रहेगा आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो ये आप लोग कम से कम 21 शुक्रवार और करिए तो बहुत अच्छा रहेगा वहीं सोमवार वाले दिन आपको करना यह रहेगा कि दूध में शहद और केसर डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करना रहेगा ये दो प्रयोग यदि आप करते हैं दर्शकों तो इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी दुर्गा सप्ती के तमाम मंत्र हैं जो कि आपकी कुंडली के अनुसार ही हम बता पाएंगे जपने के लिए तो यदि इच्छुक दर्शक हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क जरूर करिए और तमाम लोग देखिए कहते हैं कि ज्योतिष आडम्बर है ढोंग विद्या है तो हमको इन सब चीजों पर नहीं जाना है कुछ दो हमारे जो सब्सक्राइबर थे क्वेश्चन कर रहे थे कि पंडित जी आप दूध चढ़वाते हैं तो वो हमारी लाइफ में भाग्य में कैसे आएगा या आप जो है पीपल के वृक्ष पर जल चढ़वाते हैं तो हमको कैसे मिलेगा तो हम एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर जो है आप अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को देना चाहते हैं कि दर्शकों एक चीज बताइए मान लीजिए कि आपको जो है यू जाना है ठीक आपके पास यहाँ पर जो है पचास या एक लाख रुपये लेकर के आप जाते हैं तो वहाँ पर तो रुपए चलता नहीं वहाँ पर आप क्या करते हैं डॉलर में उसको कन्वर्ट कराते हैं ना उसके बाद आप वहाँ चीज़ें आसानी से तो इसी तरीके से कर्म होते हैं किसी को कुछ चीज़ें पसंद है किसी को कुछ चीज़ें पसंद है पीपल का जो उपाय बताते हैं ये जुपिटर से रिलेटेड शनि से रिलेटेड ज़्यादा जो है रहता है तो क्योंकि यदि आपकी कुंडली में जुपिटर या शनि कहीं भी गड़बड़ है तो पीपल से रिलेटेड क्यों करवाते ठीक वैसे ही जुपिटर प्रसन्न होंगे और शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपको बदले में जो उनका जो है कुप्रभाव है उसको वो लोग शुभ प्रभाव में बचनेंगे तो ये सब चीजें होती है दर्शकों को बहुत ज्यादा आप लोग जो है इतना मत जानिए इसका जो काम है वही करने दीजिए ज्यादा बेटर रहेगा तो दर्शकों को कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम प्रेम राशिफल वृषभ राशि के जात को प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो सब्सक्राइब बेलाइकन जरूर दबाइए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं हमारे इस पेज को लाइक कीजिए आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछना तो आप हमको ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए कैरियर राशिफल में और वार्षिक राशिफल देखना आप लोग न भूलिए दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार